तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोगों उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छा आगे बढ़े है तो देखो भाई मुझे पता है मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं दे रहा था कम से कम तीन दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं दिया देखो इसके पीछे रीजन एक ही है मेरे घर में बहुत सारे मेंबर्स आए हैं मतलब घर का जो रिश्तेदार होते हैं ना वो लोग आए हैं और एक बात गाइस मैं पहले ही बोल रहा हूँ मतलब ठीक एक हफ्ता बाद मतलब चौदह दिन ही रह चुका है चौदह दिनों के बाद मेरे घर पे शादी होने वाला है इसलिए मतलब तभी के टाइम पे रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा पर मैं ये बात आपको प्रॉमिस करता हूँ अभी के टाइम पे मैं रेगुलर वीडियो देने का कोशिश करूँगा और ये सब बातें छोड़ो गाइस चलिए आज के कॉन्टिक के बारे में जानकारी ले, ले लेते हैं तो देखो आज का तो कॉन्टिक होने वाला है ना गाइस ये एकदम फुल्ली वी आई कह ही, ही सकते हो क्योंकि मतलब इसमें ना मतलब जो जो फ़ीचर्स आपको मिलेंगे वो बस एक वी आई में मिलते हैं आप देख ही सकते हो इसमें वैसे रोटेड ड्रग कौन क्या है मतलब आपको रोटेड ड्रग करना पड़ेगा तभी आपका हेडसेट लगेगा अब नॉर्मल स्मूथ ड्रग कीजिए फिर भी आपका लगेगा पर रोटेड ड्रग से आपका 99% चांस रहता है हेडसेट लगने का तो आप रोटेड ड्रग इसको यूज़ करना और इसको मेन आई पे यूज़ कर सकते हो और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मतलब इसका अप्लाई प्रोसेस थोड़ा सा अलग है इसलिए ध्यान से देखना पूरा वीडियो देखना तो हमेशा के अंदर आपको इसको एक्सप्लोड कर लेना है और पासवर्ड इस वीडियो में इसलिए फुल वीडियो देखो तो देखो सबसे पहले ये इसमें क्या क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको सिंपली बैग चले जाना है बैक जरा तो बैक चलने के बाद इसको ये जो फ्री फायर मैक्स वाला है इसको आपको कट के फिर कॉपी कर लीजिए करने के बाद आपको सिंपली डिवाइस मेरे पे चले जाइए और एंड्रॉइड पर क्लिक कर दीजिए तो एंड्रॉड पर क्लिक करने का डेटा पे क्लिक कीजिए अभी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा करके आपको सिंपली पेस्ट कर दीजिए मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ पेस्ट कैसे किया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं पेस्ट बटने आप आपको सिम्प्ली क्लिक करना पड़ेगा तो अभी हमारा दूसरा फाइल है ऑल सेंसी वाला इसको आपको क्लिक करके इसको सारे एक साथ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तो मैं अभी आपको एक एक करके दिखाता तो ईजी की ऐसे ऐसे आप सिलेक्ट कर दीजिए और अभी आपको आप कॉपी क्या कट आप कुछ भी कर सकते हो तो मैंने कॉपी कर लिया अभी आपको फिर से डिवाइस मैपे जाना पड़ेगा डिवाइस मैपे जाने के बाद आपको एंड्रॉयड पर क्लिक कीजिए फिर डेटा पर क्लिक कीजिए फिर फ्री फायर मैक्स खेलते हैं तो मैक्स और फिर फाइल्स के अंदर फिर कंपल्स आई कंपल कैच एंड्रॉयड गेम्स बंडल और यहाँ पे आगे आपको कॉन्फ्ट के अंदर आपको चले जाना है मैं एक दिखा देता हूँ कॉन्फ्ट की तरह ये देखिए यहाँ पर कॉन्फ्ट है इसके अंदर जाने के बाद आपको सिंपली पेस्ट कर देना है और एक बार तो मैंने माइंड डाउनलोड किया जो भी खेलना चाहते हैं कॉमेंट